आज हम एक पैनिनियल प्लांट की बात करेंगे जिसका हिंदी में मरुए के नाम से जाना जाता है और इसको औरिगेनम मेजोराना के नाम से हम लोग जानते हैं यह है तुलसी के कुलका है इसकी फैमिली लेमियेसी है इस प्लांट के विभिन्न प्लांट पार्ट यूज़ किए जाते हैं और इसका प्रोपेगेशन इसकी जो मंजीरी आप देख रहे हैं इसके अंदर जो बीज होता है उससे प्रोपिगेशन आसानी से किया जा सकता है इसके साथ साथ कटिंग के माध्यम से भी इसका प्रोपेगेशन हम लोग कर सकते हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ हीलिंग जैसे कि हमें पता है आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी इन सब में इसका अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल कार्डियोप्रोटेक्टिव के फॉर्म में किया जा सकता है इसके साथ साथ यह एनल और इंटेस्टनल वॉर्म्स हो जाते हैं वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है साथ साथ ओरल हाइजीनिसिटी को मेंटेन रखने में भी हेल्प करता है माउथ अल्सर के लिए इसके एक या दो पत्र को चबाना चाहिए इजीली माउथ अल्सर हील हो जाता है और इसके साथ साथ ये क्या करता है कि पेट में अगर गर्मी हो जाती है गर्म दवाएँ खाने से तो पेट की गर्मी को ये शांत करता है कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक करता है और माउथ के अल्सर्स को हील करता है होम्योपैथी में इसका मदर टिंक्चर बनाया जाता है और इसका जो मदर टिंक्चर है वह वह हिस्टीरिया और निम्फोमिया की समस्या को दूर करता है यह एक वंडरफुल एमिनागोग है फीमेल हार्मोन को ये रेगुलेट करने का काम करता है यूनानी सिस्टम ऑफ हीलिंग में यह एंटी इन्फ्लामेट्री है और एंटी एमेटिक है वॉमिटिंग को ये रोकता है वेटनरी सिस्टम में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है कई बार पशुओं में कीड़े हो जाते हैं उनके पेट के अंदर वह पशुओं में डाइजेस्टिव क्षमता कम हो जाती है ऐसे केस में भी इसको हम पशुओं को सरसों के तेल के साथ मिला के बीस से 50 एम तक इसको दिया जा सकता है और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता है वाता डिसडर की भी बहुत अच्छी दवाई है वात डिसडर में क्या करना चाहिए इसके होल प्लांट का डिकोक्शन बनाकर स्नान करना चाहिए और वातर डिसआर्डर्स में कई बार एम्बिगुस पेन होता है कहीं भी दर्द हो जाता है उस केस में ये विशेष फायदा करता है इसका हम अगर डिकॉक्शन बना लें और डिकॉक्शन बना के भी हम लोग इसको सेवन कर सकते हैं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए अब देखा ही गया है कई बार क्या होता है कि प्लांट अवेलेबल नहीं होते हैं और तो इसको हम पाउडर की फॉर्म में बना के भी रख सकते हैं इसका जो केमिकल कॉन्सेंट्स है विभिन्न प्रकार के मोनोटर्पिन इसमें पाए जाते हैं अल्फा, बीटा, फलेंड्रीन इसमें पाए जाते हैं मैंथोन इसके अंदर पाए जाते हैं कार्बोन इसके अंदर पाए जाते हैं कार्बोन का कार्य डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना है कैम्फिन का कार्य सिस्टीरिया जैसी समस्या को दूर करना है मोनोटर्पिन जो है एंटी का भी कार्य करते हैं अल्फ़ाबीटा पाइनिन भी इसके अंदर पाए जाते हैं तो ये जो प्लांट है ये बहुत औषधीय गुण रखता है इसका अच्छे से हमें यूज़ करना चाहिए और आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है इसको हम अगर देखें तो आयुर्वेद में यूनानी में होम्योपैथी में वेटनरी केयर में वह विभिन्न प्रकार के इथनो मेडिसिंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है मॉडर्न मेडिसन्स में एलोपैथी में यह कार्डियो प्रोटेक्टिव का कार्य करता है वह यमिना कोक का भी है कार्य करता है सेफली इसको हम अपने घरों में गमलों में लगा सकते हैं और आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं एंटीडाइबिटिक पोटेंशियल भी इसके अंदर पाया गया है हर्बल चटनी इससे तैयार कर सकते हैं हर्बल चटनी को आप खाने के साथ इस्तेमाल कीजिए और वह ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी कंट्रोल करता है यह है, कार्डियो प्रोटेक्टिव के साथ साथ लीवर प्रोटेक्टिव भी है और किडनी के गलोम्यू जी जो रेट है उसको भी यह मेंटेन करता है ग्लोम्यूरल फिल्ट्रेशन रेट उसको भी यह रेगुलेट करता है तो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को हर तरह से यह स्टीमुलेट रखता है और विभिन्न प्रकार के जो फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं उनको ये है, रिमूवल का भी कार्य करता है डिटॉक्सीफिकेशन में हेल्प करता है तो ये एक वंडरफुल प्लांट है इसको प्रॉपर आइडेंटिफाई कीजिए सेफली इसका इस्तेमाल कीजिए एक्सेस मात्रा में क्या होता है कि इसकी शीत प्रकृति होती है तो इसका इस्तेमाल अगर हम शहद मिला करेंगे तो वो प्रकृति इसकी बैलेंस हो जाती है प्रणाम